अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से दिल्ली से चकिया से दिल्ली के लिए जो कि सफ़र ट्रांति एक्सप्रेस में है और यहाँ से तकरीब ट्रेन पहले से ही 10-20 मिनट डिले चल रही है जिसके कारण अभी स्टेशन पर है तो कुछ टाइम में ट्रेन पहुँचेगी जबकि अनाउंसमेंट हो चुका है पहले से ट्रेन 20 मिनट लेट चल रही है और देखते हैं आगे की जर्नी कैसे कवर कर पाते हैं पब्लिक पैलेस में वीडियो बनाना बहुत टफ है बट कोशिश करेंगे जितना हो सके वीडियो बनाएँ थोड़ा सा रिमूव करना है रिटेशन और उसके बाद जो होता है फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है और करते हैं कोशिश कुछ नई जर्नी की और फिर दिखाएंगे आपको बीच में कुछ ब्लॉग के कुछ वीडियोस वगैरह और कोशिश करेंगे कि जहां से हो सके उसे कैच किया जाए और रोका जाए तो अभी ट्रेन हमारी रहने वाली है नंबर वन प्लेटफॉर्म नंबर वन पर और आ, हमारे पास लागे भी है और थोड़ा सा पानी की बोतल वगैरह भी लेने हैं कोशिश देखते हैं कहां तक हम कवर कर पाते हैं और उसके बाद हमने एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि हमारे पास गोरखपुर तक का टिकट नहीं है बट कोशिश करते हैं कि गोरखपुर तक की टिकट ऐसा तो फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर मुझे देखते हैं टीटी से बात करने के बाद क्या कहता है क्योंकि मेरे पास जो टिकट जो मिला है वो है गोरखपुर टू दिल्ली का इसमें क्या कि यहाँ से कोटा नहीं लग रहा था तो फिर मैंने कोशिश किया है अब आगे चलते हैं क्या होता है टीटी से बात करते हैं टी क्या कहते हैं उसके बाद जो होगा वो आपको बताते हैं तो हाईवे जाती है जो चीजें दिल्ली को टच करती है जो यहाँ से आती है वो मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली को टच करती है दिल्ली लखनऊ कानपुर और गोरखपुर सबको टच करते हुए जाती है चाय इन दिस कैंटीन ये है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन और ये हमारी गाड़ी खड़ी है नॉर्मल रात का टाइम हो रहा है अठारह बज और यह है खुली साहब हमारे और एक छोटा सा कैंटीन है मानी ये नल पानी नहीं है। तो गांधी जी चढ़खा चला रहे हैं हमारी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी अलग है बाहर नहीं बता सकता था अब मुझे बताना पड़ेगा रेलवे के टॉयलेट में क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड है तो अब बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था मैंने टिकट लिया था मैंने दिल्ली के लिए चकिया टू दिल्ली के लिए तो टिकट अवेलेबल नहीं थी फिर मैंने टिकट ली दिल्ली गोरखपुर टू दिल्ली सप्त क्रांति एक्सप्रेस और मुझे चढ़ना था तकरीबन चार पाँच घंटा पहले से नीचे से मैंने रिक्स पर टिकट ले लिया और जब ट्रेन में आया तो पता चला कि मेरा सीट है ही नहीं और मुझे गोरखपुर तक टीटी से किसी तरह बात करके और टिकट का मैनेज करना था क्योंकि मेरे पास तो टिकट था नहीं गोरखपुर तक का फिर अब मुझे सस्पेंस था कि मेरा टिकट कंफर्म होगा गोरखपुर से कि नहीं क्योंकि उन्होंने कहा था कि तकरीबन दो घंटे दो बजे तक आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा तो मैं सस्पेंसन में था फिर भी एक पढ़ी खुश खबरी क्योंकि मेरा टिकट हो गया कन्फर्म बोरा फूल से तो अब मैं खुल्ली टिकट रिजर्व करके जा तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा काम नहीं करता मेरा जब और मेरे आ रहा है फेस बेस वॉश जो करना बहुत ज़रूरी है के लिए, तो लिए। तो अब चलते हैं सीधा अपने सीट पे और उसके बाद चलेंगे हम आ... मेट्रो से जाने का सोचता हूं या फिर तो मैं निकलूंगा डायरेक्ट उबेर लेके या फिर टेम्पू कर लूँगा मैं अनंत विहार रेलवे स्टेशन पहुंचने में तकरीबन टाइम हो गया तीन घंटा लेट चल रही है ट्रेन और अब यहां से देखते हैं मेट्रो लेते हैं या फिर यार फिर टेम्पू या उबेर फिर देखते हैं क्या होता है तब तक क्या आपको दिखाता हूं कुछ शॉर्ट्स देखो एंजॉय